मैं कह रही हूँ बदल दूंगी मम्मा को टाइम तो दो बदल दूंगी तेरी कसम बदल दूंगी है भाभी क्या हुआ बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है नहीं